Education is the most एडुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल्ज द वर्ल्ड जी हाँ अब आपके शहर इंदौत में भी खुल गया है सी बी एस ई pattern आरोप आधारित फुल्ली इंग्लिश मीडियम स्कूल आजाद मेमोरियल स्कूल जी हाँ आजाद मेमोरियल स्कूल कालीस्थान इंदौत के पास तो अब देर किस बात की अपने नर्सरी से पंचम वर्ग के बच्चों का जल्द से जल्द नामांकन करवाइए। आजाद मेमोरियल स्कूल में जी हाँ आजाद मेमोरियल स्कूल जो है कालीस्थान स्थान इंदौत के पास आजाद मेमोरियल स्कूल में बच्चों को प्यार दुलार के साथ उनके मार्मिक मस्तिष्क को स्पर्श कर बेसिक और फंडामेंटल ज्ञान दिया जाता है सोने ऐसी हीरा बनाया जाता है तो जल्दी कीजिए और सीट लिमिटेड है याद रखिए सीट्स लिमिटेड है इसलिए आज ही आए कालीस्थान इंदौर के पास स्थित है आजाद मेमोरियल स्कूल जिसमें अपने बच्चों का नामांकन करवाइये अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए एक कदम आप भी शिक्षा की ओर बढ़ाइए और अपने बच्चों को दीजिए आधुनिक और वैज्ञानिक ज्ञान अब हर बच्चा पढ़ेगा आजाद मेमोरियल स्कूल में और बोलेगा फराटेदार अंग्रेजी जी हाँ आप भी चाहते हैं आपके बच्चे भी फोराटेदार इंग्लिश बोले अंग्रेजी में आपसे बात करे किसी भी ऑफिस या किसी भी जगह जाए तो इंग्लिश में बातें कर सके अंग्रेजी बोल सके तो आइए आज ही अपने बच्चों का नामांकन कराइए आजाद मेमोरियल स्कूल में आजाद मेमोरियल स्कूल जो कालीस्थान स्थान इंदौत के पास है माताओं और बहनों अभिभावक गण मित्र बंधु एवं हमारे अपने परिजनों एवं हमारे अपने परिवार जनों अपने, जनो, अपने नर्सरी से पंचम वर्ग के बच्चों को फुल्ली इंग्लिश मीडियम स्कूल आजाद मेमोरियल स्कूल में आज ही नामांकन करवाइए। एवं याद रखे कि हम लोग विगत एक वर्षों से सफलतापूर्वक पूर्वक सेवन एट नाइन टेंथ के बच्चों के क्लाइमेक्स कोचिंग सेंटर में कोचिंग की सुविधा देते आ रहे हैं जिसे बढ़ाकर सिक्स टू ट्वेल्थ कर दिया गया है जी हाँ छठी से लेकर वर्ग बारहवीं तक की पढ़ाई लिखाई की उचित व्यवस्था है क्लाइमेक्स कोचिंग में आइए और आज ही क्लाइमेक्स कोचिंग सेंटर भी ज्वाइन कीजिए अपने सुनहरे भविष्य का शुरुआत कीजिए क्लाइमेक्स कोचिंग सेंटर से साथ ही साथ अगर आप किसी भी वर्ग में है और क्लाइमेक्स कोचिंग सेंटर में नहीं पढ़ रहे हैं तो अन्य बच्चों की तरह आप भी क्लाइमेक्स कोचिंग सेंटर में टू टू यानी कि वर्ग छठी से लेकर वर्ग बारहवीं तक के लिए कोचिंग ग्रहण कर सकते हैं और आइए आज ही ज्वाइन कीजिए अपने क्षेत्र की गौरवशाली शिक्षण संस्थान क्लाइमेक्स कोचिंग सेंटर और याद रखे आपके बच्चों के स्वर्णीय भविष्य के लिए है आजाद मेमोरियल स्कूल काली स्थान इंदौर के पास कुछ करिए कुछ करिए नज नस मेरी खोल कुछ करिए बस बस बड़ा बोल अब कुछ करिए कोई, कोई तो चल सिद्ध पड़िए दूबे तरिए हाए कोई तो चल सिद्ध पढ़िए री गिर गया मरिए दे बच्चे सुमन हैं हैं ये ये न न जाना जाना भूल भूल बच्चे सुमन हैं, ये न जाना भूल। आओ बिछाए उनकी राहों में शिक्षा के फूल आप भी अभिभावक हैं और आपका भी है सपना कि आपके बच्चे बड़े होकर डॉक्टर कलेक्टर इंजीनियर बने आपके बच्चे बड़े होकर अपना आपका अपने समाज का अपने पूरे देश का नाम रोशन करे तो आपके आप लिए है के सुनहरा मौका यह है हैव गोल्डन अपॉर्चुनिटी आइए लिमिटेड सीट्स सीट से इसे जल्द से जल्द आइए आजाद मेमोरियल स्कूल में जी हां आजाद मेमोरियल स्कूल जो आपके बच्चों को बेहतर भविष्य प्रदान करता है आप कहीं अपने ली स्थान इंदौर के पास, पास स्थित है आजाद मेमोरियल स्कूल जहां आपके बच्चे पढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे सफलता की सीढ़ियां चढ़ेंगे आजाद मेमोरियल स्कूल जहां आपके बच्चे बहुत जल्द फराटेदार, फराटेदार अंग्रेजी में बात कर सकते हैं पोएम सुना सकते हैं आपका भी मन होगा खुश क्यूँकी आपके बच्चे अंग्रेजी में आपसे बातें करेंगे वर्ग नर्सरी से लेकर वर्ग पंचम आज ही अपने बच्चों का नामांकन करवाइए अपने क्षेत्र की गौरवशाली शिक्षण संस्थान आजाद स्कूल में और साथ ही आपको बता दे कि हमारी एक संस्थान है क्लाइमेक्स कोचिंग सेंटर जहां पिछले एक वर्षो से, सेवन एट्थ नाइन्थेंथ के बच्चों को पढ़ाया जाता है उसे बढ़ाकर सिक्स टू ट्वेल्थ कर दिया गया है यानी की वर्ग छठी से लेकर वर्ग बारहवीं तक कर दिया गया है तो आप भी अगर पढ़ना चाहते हैं अच्छी शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं आप भी सफलता की सीढ़ी चढ़ना चाहते हैं तो चले आइए आज ही अपना नामांकन करवाइये क्लाइमेक्स कोचिंग सेंटर में और नन्हे मुन्े बच्चे यानी कि नर्सरी से लेकर वर्ग पंचम तक के लिए उनका एडमिशन करवाइये आजाद मेमोरियल स्कूल में ध्यान रहे एडमिशन एंड रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है और सीट लिमिटेड है एडुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल विपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड जी हाँ अब आपके शहर इंदौत में भी खुल गया है सी बी एस ई पैटर्न पर आधारित फुल्ली नी इंग्लिश मीडियम स्कूल आजाद मेमोरियल स्कूल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 आजाद मेमोरियल स्कूल में बच्चों को प्यार दुलार के साथ उनके मार्मिक मस्तिष्क को कर बेसिक और फंडामेंटल ज्ञान दिया जाता है। सोने से हीरा बनाया जाता है तो जल्दी कीजिए और सीट्स लिमिटेड हैं, याद रखिए सीट्स लिमिटेड हैं, इसलिए आज ही आए कालीस्थान स्थान इंदौर के पास स्थित है आजाद मेमोरियल स्कूल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 माताओं और बहनों अभिभावक गण मित्र बंधुओं एवं हमारे अपने परिजनों एवं, एवं हमारे अपने परिवार जनों अपने नर्सरी से पंचम वर्ग के बच्चों को फुल्ली इंग्लिश मीडियम स्कूल आजाद मेमोरियल स्कूल में आज ही नामांकन करवाइये एवं याद रखे कि हम लोग विगत एक वर्षों से सफलतापूर्वक सेवन एथ नाइन टेंथ के बच्चों के क्लाइमेक्स कोचिंग सेंटर में कोचिंग की सुविधा देते आ रहे हैं जिसे बढ़ाकर टू कर दिया गया है। जी हाँ छठी से लेकर वर्ग बारहवीं पढ़ाई लिखाई की, की उचित व्यवस्था है क्लाइमेक्स कोचिंग में आइए और आज ही क्लाइमेक्स कोचिंग सेंटर भी ज्वाइन कीजिए अपने सुनहरे भविष्य का शुरुआत कीजिए क्लाइमेक्स कोचिंग सेंटर से साथ ही साथ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 आपके बच्चों के स्वर्णीय भविष्य के लिए है आजाद मेमोरियल स्कूल कालीस्थान स्थान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 काली स्थान इंदौर के पास स्थित है आजाद मेमोरियल स्कूल जहां आपके बच्चे पढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे सफलता की सीढ़ियां चढ़ेंगे आजाद स्कूल जहां आपके बच्चे बहुत जल्द फराटेदार फराटे अंग्रेजी में बात कर सकते हैं पोएम सुना सकते हैं आपका भी मन होगा खुश क्योंकि आपके बच्चे अंग्रेजी में आपसे बातें करेंगे तो वर्ग नर्सरी से लेकर वर्ग पंचम